तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं हमारी ए 20 में लगने वाली मोटरों के बारे में दोस्तों कितने हॉर्स पावर की दोस्तों इसमें मोटर लगी हुई है आज इसी विषय में दोस्तों हमारा ये टॉपिक है सबसे पहले मैं आपको बता दूं नंबर एक पे हमारी जो पेन पिक्चर में लगी हुई है मोटर वो है दोस्तों बीस एच की जो हमारा माल को मिक्स वगैरह करती है दूसरे नंबर पे दोस्तों हमारी है स्क्री कनवेयर यानी कि सीमेंट कनवेयर की मोटर वो 215 एचपी की है जो हमारा सीमेंट को वहाँ पर में ले जाती है तीसरा है दोस्तों हमारी गैदरिंग कन्वेयर की मोटर दोस्तों इसमें 10 एचपी की लगी हुई है चौथा है दोस्तों हमारी कंप्रेसर की मोटर इसमें दोस्तों तीन एचपी की लगी हुई है पांचवा है दोस्तों हमारी वाटर मोटर दोस्तों दो एचपी की लगी हुई है छठवा दोस्तों हमारी केमिकल की मोटर एक एचपी की लगी हुई है सातवीं है दोस्तों हमारी पावर पैक मोटर दो एचपी की लगी हुई है दोस्तों हाइड्रोलिक गेट ओपन क्लोज करने के लिए ऊपर पेन मिक्चर में वो दो एच की लगी है आप देख सकते हैं दोस्तों कि पूरे एक ट्रांसफार्म की बिजली हमारे पैनल पे चलती है दोस्तों और दोस्तों अगर हम अपने प्लांट का जो कंपनी देती है रिकमेंड करती है डीजी सेट दोस्तों बहत्तर के वी का डीजी सेट रिक्वायरमेंट कंपनी का होता है तो आई होप दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों मैं आपके लिए इसी तरह की, की छोटे छोटे टॉपिकों में दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाते चले जाता हूं तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ